बाबा बाबू जो याकिक रखना मीडिया वाला मीडिया मीडिया वाला बोला छी जो लोक पड़े तो बेड़े की चले जापारूप छोड़े पड़े ग छाती के जो लोक पड़े तो बेडे की लोग चले बेड़े लोग की चले गल छे आरो लोक डाकें नो किस रखलें ना कैमेरा जा मोबाइल नहीं डाक्त सब मोबाइल आज आज नहीं कैसे तो गया नॉर्मल गया, ने गया, ने गया, तो तो ने गया। तो मार गया। था। के पूरा उसको रहा है जानकूर कुछ नहीं हुआ अब उसका बाद देखा दो दिन बाद पूरा माथा फाट दिया पूरा कंची से पूरा छेदर छेदी कर दिया ऐसा आपका नाम क्या है को मार दिया हमने कोई सहारा ना नाटा छोटा छोटा बच्चा है कौन देखे वाला हम लोग तो ऐसा कोई नहीं लिया हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर में किया है कल नाम लोग ना लिया क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में आदमी का में? आप आप का नाम क्या है अब्दुल आपका नाम क्या है चाहते हैं क्या होने से अच्छा वो तो मैय हो गया कुछ मिलने वाला है नहीं ठीक है अभी कभी जो इंसाफ का मांग हो रहा है तो क्या किया इसका जिंदगी चला गया अब इसका जिंदगी चाहिए जिंदगी कैसे इसका परवस्ते होगा ये आप लोग समझ दो बच्चा है लड़की है इसका शादी ब्याह का प्रोग्राम कैसे होगा इसका बाल बच्चा कहाँ से परवस्ते होगा इसका प्रोग्राम चाहिए यही है इंसाफ और क्या चाहिए बॉडी तो मिलेगा नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं मैं उनका भतीजा हूँ इसलिए मैं बोला मेरा नाम मोहम्मद सियाद फिर दोबारा ही साथ कर रहा एक आदमी काम नहीं चार मारा जब नहीं मारा है ना तब उसका Ah Ah हां नंदिकेश घूमने जाते পারবে बाइक से चले जाते हैं ही उठी जाए भद्मा मेरे लोक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 है। मेरा तो है। मेरा बात बात मामा सब कल ऐसा हो गया लेकिन कोई हम कोई नहीं नहीं है हम मॉल गर्म हो गया न चलो अरे तुम लोग आप लोग ये जो हम जान बचाने के लिए परमाणु खाली